नमस्कार मैं अखिलेश सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने प्यार यूट्यूब चैनल आसोजीआई पे कल लॉक का पहला वीडियो लेक्चर अपलोड हुआ और आज दूसरा अपलोड होने वाला है तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लग रहा है अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर दूर करिएगा ठीक तो चलिए चलते हैं लॉक की अगली प्रॉपर्टी पे ठीक जब प्रिंसिपल प्रॉपर्टी अब लॉ ए, न, वेर वन, और लाग एम इन टू एन बराबर लाग एम लाग एम प्लस लाग, लाग एन तो ठीक बेस ठीक ठीक क्या लाग लगा किसी तो लग के साथ ईएम की पावर एक्स के साथ आगे आ जाएगा ठीक इसको हम क्या ले सकते हैं एक आगे जाएगा लाख लग जाएगा ईएम के साथ ठीक वैसे ये है अब इसके बीच हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं उसके बाद आगे आई प्रॉपर्टी को कवर करेंगे ठीक तो चलिए देखते हैं इसका हमें वैल्यू बताना है टू लाख टू पॉइंट फाइव प्लस थ्री लाख ट्वेंटी फाइव पॉइंट एट माइनस वन तो पहली तीसरी प्रॉपर्टी के अनुसार ये दो पावर में आ जाएगा ठीक है इसके पावर में आ आ जाएगा ये पावर में इसलिएगा ठीक इसका रिवर्स लाग ए इंटू बी इंटू सी हो जाएगा ठीक लाग ए इंटू बी इंटू सी लाग ए प्लस लाग बी प्लस लाख सी क्या लिखेंगे लाख a इंटू बी इंटू सी ठीक तो देखिए जो 625 पे इसको क्या लिखेंगे फाइव लिखें? की पावर फोर लिख देंगे और वन हंड्रेड ट्वेंटी एट क्या लिखेंगे दो की पावर सेवन लिख देंगे इसका फाइवर करेंगे तो ये आएगा ठीक ऐसा क्या अब है अब देखिए यहाँ पे टू अपॉइंट फाइव पॉट है ठीक अब ट्वेंटी फाइव है ना ट्वेंटी फाइव और फाइव इसको फाइटर करेंगे तो फाइव की पावर टू आ जाएगा ठीक और दो करेंगे तो टू की पावर थ्री आ जाएगा और यहाँ पे तो किए हैं टू पावर सेवन अपन फाइव की पावर फोर तो किए हैं अब आगे देखिए इसको मतलब इसको अंदर ले जाएंगे तो पावर को तो टू की पॉर टू अपन फाइव पावर टू ठीक इंटू फाइव पॉट सिक्स हो जाएगा ट्वेंटी मतलब ट्वेंटी फाइव को अगर फैक्टर करेंगे तो फाइव पॉट टू जाएगा फाइव की पावर टू इंटू मतलब उसका फाइव वू की पावर थ्री है तो पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो फाइव पावर हो जाएगा ठीक और टू की पॉवर थ्री हो जाएगा और टू पॉट थ्री पावर थ्री टू पॉट नाइन हो जाएगा ठीक और टू पॉवर सेवन अपन फाइव है तो यहाँ पे देखिए क्योंकि की पावर नाइन हो जाएगा ठीक है ये समान तो पावर के जुड़ जाएंगे तो टू पॉट फाइव और टू को जुड़ेंगे तो नाइन हो जाएगा फाइव और सिक्स है अपान फाइव और फाइव और टू है फाइव और फाइव है ठीक तो इनकी पावर जुड़ जाएंगे तो फोर और टू को जुड़ेंगे तो फाइव और सिक्स हो जाएगा और इस को अगर हम पावर बदल देंगे इसके टू के में तो टू की पॉवर की पावर थ्री है टू के हो जाएगा ठीक है उनके कट जाएंगे वहाँ फिर यहाँ पे एक हजार काट के और लागू की वैली जीरो होती है ठीक जीरो अब चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन क्वेश्चन अच्छा कराएंगे चलिए क्वेश्चन देखते हैं ठीक इसकी वैल्यू क्या होगी इसकी वैल्यू ठीक वन अपॉइंट टू की पावर लाख फाइव बेस टू है यह दिया ठीक आपको दिया तो इसकी वैल्यू निकालनी है तो टू को ऊपर ले जाएंगे तो टू इन्वर्स हो जाएगा ठीक टू की पावर माइनस वन या टू इन्वर्स हो जाएगा ठीक की पावर लाख फाइव बेस टू अब टू की पावर माइनस वन की पावर लाख फाइव बेस टू है तो इन दोनों का पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस आ जाएगा लाख के पास अब तीसरी प्रॉपर्टी के अनुसार जो माइनस है माइनस वन बेस टू है तो तीसरी प्रॉपर्टी के अनुसार जो माइनस है वो इसकी पावर मिल जाएगा फाइव के ठीक पावर मिल जाएगा अब एक प्रॉपर्टी ला के है कि अगर b की पावर लाग a बेस b है मतलब जिसपे लाग लगा है जिसकी पावर लगा है वो और लाख का बेस दोनों समान हो तो जिसके साथ लाग लगा उसकी है उसकी तो वैल्यू हो जाती है ठीक b की पावर लाग a बेस b है जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी a हो जाएगी ए सी को देखकर इसको देखिए टू टू की पावर लाग फाइव इनवर्स बेस क्या है टू है ए भी समान ए बी समानी तो वैल्यू क्या जाएगी फाइव पावर माइनस वन अगर वान लगा और थी। थी। थी। थी। तो थी। थी। है है कर सकते हैं ठीक इसका आंसर हो गया ठीक अब अगला क्वेश्चन देखिए लॉग एक्स बेसी माइनस लाग वाई पानी सॉरी लाग वाई बेसी बराबर है और दूसरा लाग वाई बेसी माइनस लाग जेड बेसी बराबर थी तीसरा लाग जेड बेसी माइनस लागी बराबर थी ये हमको दिया है तो हमको पानी क्या करना है क्या करेंगे इसको लॉग ए e, अपान e भी हो जाएगा ठीक बराबर एक्न फॉर्म बदल देंगे ठीक इसको फॉर्म बदल देंगे तो पावर ये तो हो जाएगा तो दूसरा इसी तरह देख लीजिए केस टू क्या केस देख लीजिए ठीक तो के माइनस बी के लॉग ए माइनस लॉग बी का जो फंडा है उसको लगाएंगे तो लॉग वाई अपॉन जेड हो जाएगा ठीक बराबर बी इसको तो फॉर्म भर लेंगे तो वाई अपॉन जेड बराबर भी हो जाएगा ठीक अब केस तीसरे के अनुसार देखिए तरह है ठीक लॉग जेड लॉग जेड बेसी माइनस लॉग एक्स बेसी बराबर सी है ठीक तो वही डायरेक्ट इशू कर देना तो वही बात है जैसे दोनों से इसकी बात है तो उसका डायरेक्ट लेते हैं जेड अपन एक्स बराबर सी है। तो अब हमें फाइंड आउट करना था यहां से देखिए हमें फाइंड आउट करना था हमें बताना था इसकी वैल्यू यस अपन ये? पावर बी माइनस की, की तो चलते हैं वाले क्वेश्चन पे इफ लॉग एक्स बेसी माइनस लाग वाई बेसी तो A, और लॉग वाई बेसी माइनस लाग जेड बेसी तो लॉग जेड बेसी माइनस लाग एक्स बेसी स्क्वल टू सी देन हमें क्या बताना है e e की तो चलिए चलते अनुसार लाग एक्स बेसी माइनस लाख वाई बेसी बराबर ए तो ये लाग ए माइनस लाख बी का जो फंडा है उसको हम लिखेंगे लाग एक बी की जगह तो लाग एक्स अपन वाई बी सी बराबर ए इसको इस फॉर्म ये फर्स्ट है। तरह सेकंड और थर्ड को भी करेंगे ठीक चलिए चलते हैं सेकंड सेकंड से वाले वाले के पास। देखिए, लॉग वाई बेसी माइनस लाग जेड बेसी बराबर बी तो इसको लॉग ए माइनस बी फार्मूला से लाग ए माइनस लाग, लाग बी फार्मूला से लाग वाई पान जेड बराबर सी इसको इसमें फॉर्म बदलेंगे तो वाई पान जेड बराबर ई की बी ठीक ऐसे केस नंबर सी ठीक जो केस थ्री है लाग जेड बेस ई माइनस लाग एक्स बेस बराबर सी इसको टाइप कर दे रहे हैं जैसे दोनों हुआ ऐसे तो तो ए हो जाएगा जेड अपानस बराबर एक पॉवर सी ठीक हमें फाइनल क्या करना था यहाँ से देखिए एक अपान पावर सी माइनस ए और जेड अपन एक्स की पावर ए माइनस बी यहाँ से हम जो तीनों इक्वेशन से हम क्या वाई वाई पांच जेड अपन की जो वैल्यू आई है की पावर यहाँ पे रख की पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ए की पावर ए माइनस बी माइनस ए सी हो जाएगा यहाँ पे अब क्योंकि तो आप देख रहे हैं कि बेस समान है सब पता तो पावरें जुट जाएंगे ठीक यहां तो हो गया तो प्लस bc सी माइनस ए bc प्लस बी सी माइनस ए सी बी सॉरी यहाँ मतलब b से मल्टीप्लाई होता bc तो बी, -बी, बी, तो बी, -बी हो जाएगा ना यहां पे ab हो गया अब प्लस पावर में ठीक ac सी माइनस ए बी ठीक ए मतलब ac सी माइनस इतना से भी आपके बाद ए बी यहाँ भी है ए बी यहाँ भी प्लस माइनस कर दिया जाएगा ठीक उसकी वैल्यू आ जाएगी तो ये अगला क्वेश्चन क्या है a b log बड़ा ब्रेकेट log लगा किस ए पे प्लस log b ठीक दोनों की मतलब प्रूफ करना है इन दोनों को ए बराबर इसके होता है तो देखिये यहाँ ए प्लस b लाना है ठीक ए b बी इसको हम a प्लस बी के रूप तो में कन्वर्ट करेंगे ठीक तो आइए देखते हैं देखिए दिया ए प्लस बी का ए b का बराबर 23 ये भी हो गया ठीक a प्लस बी का हो रिस्का कर देंगे ठीक वो उमत करिए जोड़ दीजिए यहाँ भी टू तो भी, भी जोड़ दीजिए ए प्लस बी का हो रिस्का ला जाएगा ए भी जोड़ के आ जाएगा ना ट्वेंटी ए बी ए प्लस बी का होगा अब ए प्लस बी की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट पे आ जाएगा ठीक इसको अंडर रूट में कर देंगे तो ट्वेंटी फाइव करेंगे फैक्टर तो 5 इंटू फाइव फाइव आगे फाइव आगे आ जाएगा ये रूट में हो जाएगा 5 इंटू अंडर रूट ए बी ठीक इसी वैल्यू जाएगी ए प्लस बी की ठीक तो भाई इसको लेते हैं पहले का ठीक है लार्च ए प्लस तो ए की क्या वैल्यू बताएं ए बी की वैल्यू क्या बताएं हम फाइव अंडर रूट ए बी बताए ठीक है यहाँ से निकालें ठीक तो यहाँ पे अगर रखेंगे नीचे पाइप है उसका अंडर रूट मतलब क्या होगा मतलब उस संख्या मतलब जिस संख्या में अंडर रूट लगा है तो इसका मतलब क्या होता है उसकी पावर हाफ होता है ठीक तो इन दोनों की पावर हाफ हो जाएगा हाफ आ जाएगा लाख के फंडा से आगे ठीक आगे आगे लाख मल्टीप्लाई हो जाएगा और लाख लगा दो संख्या A B, के साथ ए इंटू और लाख के फंडा के अनुसार लाख ए इंटू बी बराबर लाख ए प्लस लाख प्रूव हो गया अब चलिए अगला देखते हैं ठीक तो चलिए अगले क्वेश्चन पे इफ लॉग एक्स बेस ए बराबर क्यू एंड लॉग एक्स स्क्वायर बेस बी बराबर क्यू देन लॉग अंडरुट ए बी अपॉन एक्स इज इक्वल टू एयर कंडीशन दिया है एक को दो करने है बाद में पढ़ेंगे ठीक तो इसका चार ऑप्शन दिया हमारे पास देखते हैं साल को है। तो है? गिवेन गिवेन क्या दिया है लॉग बेस ए बराबर की तो इसको हम इसमेंगे तो क्या आएगा एक ही पॉजिटिव हो जाएगा मतलब बराबर बराबर एक, बराबर एक की पॉवर हो जाएगी ठीक अब ए मतलब ए को ऐसे फॉर्म लिखने जाएगा कैसे लिखेंगे ए बराबर ये इधर आ जाएगा तो वन की पावर पन्पी हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन ठीक अब देखते हैं दूसरे इक्वेशन के अनुसार जो ये दिया है, एंड लगा क्या है किसको लगा लॉ किसको लगा स्क्वायर लगा बेस क्या बी है फॉर्म बदलेंगे तो बी की पॉलिसी हो जाएगा बराबर एक ठीक अब बी को पेयर अब बी को क्या बी को एक्सार्म में लिखना है तो उधर जाएगा तो टू ओपन क्यों जाएगा एस की पावर में ठीक तो बी बाबर एस सी पावर में टू ओपन क्यों अब ए बी की वैल्यू ला मतलब पुट कर देंगे यहाँ पे ठीक ए हमें ए मिल गया और बी मिल गया ठीक ए की वैल्यू बी की वैल्यू यहाँ पर जाकर हम रख देंगे और हमें सब कुछ मिल जाएगा जो हमें चाहिए ठीक हमें हमें फाइन करना हमें फाइन क्या करना है ठीक हमें फाइन यही करना है ठीक अभी वैल्यू ए और बी की वैल्यू हमें पता है टू बाई वन एंड टू से ए और बी का वैल्यू वैल्यूट करने पर लॉग एक्स अंडरवुट ए बी की वैल्यू रखेंगे तो अपॉन पी इंटूस की पावर टू अपॉन क्यू तो समान तो पावर क्या जुड़ जाएंगे ठीक तो लॉग एक्स की पावर वन अपॉन पी प्लस टू अपॉन क्यू अब अंडरवुट है इसका मतलब कि दोनों की पावर क्या जाएगी वन अपॉइन टू पावर पावर उड़ा हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा ठीक अपन पी प्लस टू अपॉन क्यू इंटू वन अपॉइंट टू हो जाएगा ठीक अब जब वन पॉइंट टू को अंदर ले जाएंगे वन पॉइंट टू को अंदर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा टू टू से कैंसिल जाएगा तो वन पॉइंट क्यू हो जाएगा इसके अंदर जाएगा तो वन पॉइंट टू पी हो जाएगा ठीक आप लॉक लगाए किसी साथ, साथ एक पावर समथिंग कुछ जो है ठीक अपॉन एक्स दोनों क्या है बराब, दोनों बराबर हैं और यक्स की पावर कुछ है तो वो लॉग के आगे आ जाएगा लास्ट के मल्टीप्लाई जाएगा ये दोनों बराबर है बेस और जिसके लॉक लगाएगा दोनों बराबर उसकी वाली वन आ जाएगी तो लास्ट में आ जाएगा वन पॉइंट टू पी वन पॉइंट टू पी ठीक ऑप्शन तो है वन प्लस वन प्लस वन तो आज इतना ही अगले अब आए अगले वीडियो में ठीक आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए बहुत ठीक